का कहना है सबका कहना है जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर तब सबसे सारी फूलों का तारों का सबका कहना है। कहना है सबका कहना है जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर सबसे सारे चीज फूलों का